कृष्णा वो तो गई भैंस पानी में कहा बोल रहे हैं? यहाँ तक तो आवाज नहीं आ रही आवाज इतनी दूर आना चाहिए कि लगे टिकमगढ़ पूरा दिखे हाँ इसलिए जोर से बोलो मिलकर सभी ठेठ आखिरी तक बोलक कृष्णा बोलक कृष्णा बोलक कृष्णा जय हो जय हो हुई ना बात टीकमगढ़ के भक्त है पर कछु है ना कछु लोग तो है ना, हाथ करने बाद में देखेंगे अपन अभी अपना काम कर लेते हैं बोलो ओम नमो नारायण तो क्या होता आगे आगे चपस्यामि विपरीता नी केशव न चेनु पश्यामी अथवा स्वजन महावे क्या कह रहे हैं अर्जुन फिर आगे कह रहे हैं अपने कन्हैया के आगे निमित च पश्यामी विपरीता नी के हे केशव हे का जो ये लक्षण है ना ये लक्षण भी क्या है विपरीत दिखाई दे रहे हैं उल्टे, उल्टे दिखाई दे रहे हैं हे काना हे मोहन जो जो, जो लक्षण दिख रहे हैं ना अभी इस टाइम पे ये भी युद्ध के जो लक्षण दिख रहे हैं, ये भी विपरीत दिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि सगुन भी उसको क्या कहते हैं? लक्षण को मालूम है ना सगुन क्या कहते कहते हैं ना ये सगुन अच्छे नहीं हुए ये सगुण बुरे हो रहे हैं सगुन वो अच्छे वो हो रहे ये काम होने दो अभी तो अभी सगुन बुरे हो रहे भैया काम रोक दो है ना बोलो ओम नारायण है घर ना। नारा। में अगर चल रहे हैं सामने और सगुन में कहीं बिलैया मिल गई अरे रस्ता काट दिया अच्छा नहीं वापिस अभी मत जा मोड़ा अभी नहीं जा वो बिलैया दिख रही वो रस्ता काट रहे कहीं नेवला दिख गया काम तो पक्का सही होगा नेवला दिख रहा दर्शन नेवला के हुए हैं होड़ पे मुंडेर पे कौवा बोल रहे अरे कोई आएगा कौव बोल रहा है भैया किसके माई से आ रहा है कोई तेरे यहाँ से मामा आ रहे हो कि तेरे भैया आ रहे है कोई आ रहा है आज तो होता है ना सगुन का हर चीज सगुन बड़े काम के हमारे जो पूर्वजों ने है ना ऋषि मुनियों ने हैं? शुक्र का बदरा शनिचर को छाए तो न जाए शुक्र का बदरा अगर शनिचर को छाया मिलेगा ना शुक्रवार को तो है पर शनिवार को दिन भर छाया हुआ है तो समझ लो हाँ बरसादी अरसादी लाके रख लो पहले से ये मानेगो नहीं बिगाड़ देगा नहीं तो फसल पहले ही व्यवस्था कर लो है बादल हो तीतरा तो पानी बरसे तीसरा तीतरा बादल है दिख रहा कि तित्रा है तीतर जैसा बादल पूरे आसमान में तीतर जैसा फैला हुआ है तो तीसरे पहर या तीसरे दिन मानेगा नहीं चल रहा है भैया ये उड़ रहे है आने वाला है बोलो ओमन मन आ रहा है सब शगुन हमारे घर में छीके हो रहे छीक हो रही है रुक जा ठीक हो रही अभी नहीं निकलनो ये छीक बुरी हो और ये छीक जानकारी तो होना चाहिए थी। अब छीक तो है अब कैसी है जानकारी तो है नहीं और चले भैया वो उस तरह से कि पता हर चीज का पता ही नहीं है और काम चालू कर दिया कि एक एक गांव में क्या एक पटेल रहते थे भैया पहले का समय जब ये फोन वोन नहीं चलते थे पहले क्या चलता था वो डाकिया आता था पत्र देता था मालूम है ना पोस्टमैन पोस्टमैन जगह जगह तो तो उस समय पे अब थे, तो एक पटेल पटेल रहते थे, थे गांव में पुराने पहले कोई कोई नौकरी भी गांव में से कोई बिरला नौकरी के लिए जाता था अब उस पटेल के एक लड़का इकलौता गया कहां पर बाहर नौकरी करने कलकत्ता जैसी जगह पे उसकी नौकरी लंबी सिटी में, में बड़ी सिटी में, में बंबई दिल्ली, दिल्ली जैसी जगह पे। अब उसकी उसकी तो अब उसकी उसकी बाहर नौकरी, नौकरी तो करने गया। वो जब भी होता लेटर लिख देता था अपने माँ बाप को आठ दिन में दिन में लेटर दे देता था तो गांव के लोग भी उस लेटर को अरे पटेल तुम्हारे छोरे का लेटर आया क्या हाँ आया का ठीक है सब बढ़िया है हाँ भैया सब है भला चंगा है अच्छो है साहब क्या अब आता आता था आता था ट्रिन, ट्रिन, ट्रिन, ट्रिन, ट्रिन, था, था पोस्टमैन पूरे गांव में घूमता तो और था पोस्टमैन वह भी ऐसे पटेल भी खड़े हो जाते थे पटेल खड़ी हो जाती थी भैया मेरे छोरे का लेटर तो नहीं आया अब एक दिन क्या होता है वो पोस्टमैन जंग आता है साइकिल लेके आता है पोस्टमैन पोस्टमैन पोस्टमैन सोई दौड़ के पटेल आगे आ जाता दरवाजे पे क्यों मेरा लेटर है का कौशन हाँ हाँ हाँ लो पटेल साहब ये लो, लो तुम्हारा लेटर अब वो पत्र जो था वो पत्र पकड़ा दिया अब वो पत्र जो देखा उसने तो देखते ही क्या देखा कि उस पत्र का कोना जो था फटा हुआ था पत्र का कोना फटने का मतलब जानते हो जानते हो ना हाँ मतलब ये मरे हुए का, का काम मर मुरा गया अभी